बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं है जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन क्योंकि एक मुद्दस से मैंने ना मोहब्बत बदली है ना दोस्त बदले एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला सुकून की बात मत करे गालिब बचपन वाला इतवार अब नहीं आता शौक तो मां बाप के पैसों से पूरे होते हैं। अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी हो पाती है जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते खुश हूं और सबको खुश रखता हूं लापरवाह फिर भी सबकी परवाह करता मालूम है कोई मोल नहीं मेरा फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता में से